राधे राधे गुरुजी हाँ हाँ बेटा राधे राधे प्रश्न करना है कल आप जैसे बोले कि हमें पूजा करते समय अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए हाँ। पर हमारे कलकत्ता में तो हर एक पूजा में अगरबत्ती ही ज्यादा दिखाए जाते हैं कल में नहीं हर भारत में ना अगरबत्ती की प्रचलन है लोगों को पता नहीं है कि बांस नहीं जलाना चाहिए एक्चुअली क्या है हमारे देश में न ज्ञान का जरा सा अभाव है साइंस भी ये चीज मानती है साइंस हर चीज क्यों बोल रहा हूँ साइंटिफिक है बांस को जलाने से साइंस ये मानता है कि अन्य लकड़ियों लकड़ियों में कोई प्रदूषण नहीं होता पर बांस के जलने से जहरीली गैसें प्रकट होती हैं और वो बहुत हानिकारक होती हैं तो साइंटिफिक तो यह हुआ कि नहीं जलाना चाहिए पर हमारे हिंदू धर्म बांस की पूजा करते हैं बांस को वंश मानते हैं तो उसकी पूजा करते हैं उसको नहीं जलाते धूप हमारे यहाँ वेद पुराणों में अगरबत्ती का नहीं है हमारे यहाँ मंत्र है धूप का धूपम समर्पयामी दीपम समर्पयामी धूप दीप हम लोग देखो आरती भी गाते हैं धूप दीप तुलसी से सत्यनारायण भगवान की कथा में धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा है ना ये ओम जयलक्ष्मी रमणा ये हम लोग आरती जब गाते हैं सतना भगवान की उसमें धूपदीप तुलसी से धूप धूपदीप तुलसी है अगरबत्तिम कहीं नहीं है ठीक है